एक बात हमारी याद रखना आज जब मैं बाजार गया मैं एक फल वाले के पास गया तो एक फल बेचने वाले से मैंने पूछा इस अंगूर के गुच्छे की कितनी कीमत है तो वो बोले एक सौ बीस रूपए पास ही में कुछ टूटे हुए अंगूर के दाने बड़े बड़े रखे हुए थे मैंने पूछा उनसे इसकी कितनी कीमत है वो बोले पैतालीस रूपए मैंने पूछा इसका इतना दाम क्यूँ कम वो बोले ये तो बहुत उमदा है लेकिन ये गुच्छे से टूट गए तो ये बात उनकी सुनते ही मेरे जहन में एक बात आई कि जब हम लोग अपने से अलग हो जाते हैं मुख्तलि <मुंग> फिरकों में बढ़ जाते हैं मुख्तलिफ़ों और नस्लों में बढ़ जाते हैं तो मेरे भाई मेरी हमारी भी कीमत इससे आधी रह जाती है इससे आधी रह जाती है मेरे भाई इतिहाद करो इतफाक करो मेल मोहब्बत करो आपस में भाईचारा चारा इख्तियार करो वरना हमारी भी कीमत मेरे भाई जो बची है वो भी इससे कम हो जाएगी मेरे भाई इतिहाद में बड़ी ताकत है इतिहाद में बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाई जब मिट्टी ने इतिहाद किया तो मेरे भाई ईट बन गई ईट ने किया तो मेरे भाई दीवारें बन दीवार और जब दीवारों ने मेरे भाई इतिहाद और इतफाक किया तो मेरे भाई पूरे के पूरे घर बन गए पूरे के पूरे अच्छे से घर बन गए इसी तरीके से मेरे भाई ये बेजान चीज जब ये इतना इसने मकाम पा लिया तो मेरे भाई हम तो इंसान हैं और फिर ऊपर से मुसलमान है ये बात जरा सोचिए